मध्य प्रदेश में तमाम सारे ज्ञानी ध्यानी पत्रकार हैं उनमें से एक हैं दीपेश जैन दीपेश जैन डीएनए न्यूज चैनल में एंकर हैं और 2006 से उन्होंने विधिवत पत्रकारिता की शुरुआत की दीपेश का सिलेक्शन कौन बनेगा करोड़पति में हुआ और दीपेश हॉट सीट पर पहुंचे अमिताभ बच्चन यानी भोपाल के जमाई बाबू के साथ उन्होंने इस खेले को खेला और लाखों रुपये जीते दीपेश प्रतिभाशाली हैं प्रतिभावान हैं और अपनी एंकरिंग के कारण जाने जाते हैं दीपेश के साथ उनकी पत्नी रूबी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची थी और दीपेश को हम तो बधाई देंगे लेकिन दीपेश नए पत्रकारों के लिए मिसाल बनेंगे और उन ज्ञानियों के मुंह पर तमाचा है जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं